जब मैंने ये सवाल पूछा किसी ने यह सोचा कि आज कुछ नया सीखने को मिलेगा मजा आएगा एनी वन सर नहीं सब रेस में लग गए ऐसे पढ़ के फर्स्ट आ भी गए तो क्या फायदा आप लोगों की नॉलेज बढ़ेगी नहीं सिर्फ प्रेशर बढ़ेगा और ये कॉलेज है प्रेशर को कर नहीं अरे चाबूक के डर से तो सर्कस का शेर भी उछल के कुर्सी पर बैठना सीख जाता है लेकिन ऐसे शेर को हम वेल ट्रेनड कहते हैं वेल एजुकेटेड नहीं